पास रह के भी थी दूरी जाने कैसी थी मजबूरी वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था खो गई तू है किस जहाँ में मैं वाह हू देख दो तो जरा